नमस्ते दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा आज कैसे लैपटॉप खोलते हैं और चलाते हैं सबसे पहले अपना थम्ब लो और इसके अंदर डालो खोलने के लिए फिर ऐसे जेंटली उठाओ आराम से ये अपने आप ऑन हो जाएगा फिर आपको अपना फिंगर ऐसे जेंटली रेस्ट करना है इसके ऊपर इस बटन के ऊपर दबाने की जरूरत नहीं और अपने आप अप लॉग हो जाता है अगर आपका टच आई डी नहीं है तो फिर आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहा जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा शटडाउन कैसे करते हैं लैपटॉप को